दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल साक्षात दिखाई दिए हों दोनों ही हालतों में आपका ये सपना बहुत ही शुभ फल देने वाला है क्योंकि भगवान श्री गणेश जी को शुभता का देवता माना जाता है जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोई भी कार्य शुरू करने से पहले श्री भगवान गणेश जी को याद करते हैं उनका पूजन आदि करते हैं उसी तरह से इस सपने का फल भी कुछ ऐसा ही है इसका अर्थ यही है कि आपके घर में ढेरों खुशहालियां आने वाली हैं और आप कोई भी कार्य जो आप सोच रहे थे कि करें या ना करें जरूर करें क्योंकि भगवान श्री गणेश जी खुद आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप उस कार्य में सफल होंगे विजयी होंगे आपके घर में ढेरों खुशियां आने वाली हैं जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी गणपति भगवान जी आपका आशीर्वाद